आपका स्वागत है एजुकेशन के प्रति हमारे चैनल पे कोरलरा फोटोशॉप इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट टॉपी सी ऑनलाइन नोट पैड वट पैड शॉपिंग एक्सल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं हम अपने चैनल पे अपलोड भी करते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है हमारे चैनल पर आकर फ्री ऑफ कास्ट वीडियोज देख कर, आप अच्छी खास ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप पर फोटो बनाना इंटरनेट से संबंधित माइक्रोसॉफ्ट डाटा एंट्री का काम आप सीख सकते हैं तो आइए हमारे इस वीडियो के सिलसिले के अंत तक बने रहें हमारे साथ और सीखें कलर इमेज का ग्रे यानी ग्रे स्केल मतलब यह होता है रंगीन आइए पार्ट फिफ्टीन देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट फिफ्टीन कलर इमेज को ग्रे स्केल करना अर्थात रंगहीन जो गाढ़े कलर में होता है थोड़ा फीके कलर में हो जाता है फीके रंग्स में तो आइए एडोफोडस आपको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद जो है किसी इमेज पर क्लिक करते हैं इस तरह से चलिए वर्ल्ड कंप्यूटर को ले लेते हैं ओके करते हैं इस तरह से क्या करने के बाद अभी हमने इसको ग्रे स्केल करना है इमेज पर क्लिक करेंगे मोड्स पर क्लिक करेंगे और ग्रे स्केल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिस्काउड कलर कलर की इंफॉर्मेशन की एक चेतावनी आ जाती है और हमने इसको ओके कर लेना है ओके करेंगे देखेंगे तो यह जो हमारा आ, जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है एक बैकग्राउंड्स वह ग्रे स्केल में परिवर्तित हो जाता है ग्रे स्केल आर से कम स्पेस यानी कम जगह लेता है कम कलर लेता है ग्रे स्केल का या फीचर्स है तो कंट्रोल जेड कर लीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद कुछ नया इस पर सीख लेते हैं फाइल पे जाएंगे न्यू लेंगे न्यू में साइज ले लेते हैं कुछ भी वन एटीन ले लेते हैं और सेवन ट्वेंटी ले लेते हैं इस तरह से तीन सौ पिक्सल्स और इसमें थम ले लिखते हैं थमलेल थ्री यहाँ लिख कराएगा थमलेल थ्री और आज जीवी कलर मोड है वाइट बैकग्राउंड है ओके पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से कोई सेलेक्शन दे देते हैं इस तरह से इस तरह से और यहाँ पे फील करेंगे अभी हम लोग इस्ट्रोक ऑप्शन दे देते हैं पहले स्ट्रोक 20 पिक्सल्स इनसाइड में कर लेते हैं अंदर की तरफ ओके okay कर लेते हैं यहाँ से ओके okay, इनसाइड में इस तरह से हो गया अभी फील ऑप्शन पे जाएंगे फील ऑप्शन में अभी क्लिक करेंगे किसी को भी हम लोग चूज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ से इसको चूज करते हैं और ओके प्रेस करते हैं इस तरह से यह देखेंगे फिल हो जाएगा फिल होने के बाद इसी पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट इन्वर्स कर देंगे अभी इसमें फील करना है तो फील ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक दूसरा कुछ ले लेते हैं यहीं पर इस फुल ऑप्शन को ले लेते हैं और ओके कर देते हैं इस तरह से और इसमें स्ट्रोक दे देते हैं थोड़ा सा स्ट्रोक इन की तरफ ले लेते हैं इसमें एलो कलर लेते हैं ओके कर देते हैं इस तरह से 20 पिक्सल्स है इस तरह से और इसमें इनसाइड तो हो गया अभी आउटसाइड ले लेते हैं सेंटरली ले लेते हैं 20 है तो 15 ले लेते हैं और कलर थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं ओके कर लेते हैं इस तरह से इस तरह से सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे डी कर देंगे इस तरह से देखेंगे यह जो है सेलेक्शन से सेलेक्ट करके हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ रो और सिंगल्स कॉलम देने के लिए तो सिंगल्स क्या है ये रो है रो देने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से और यहाँ राइट क्लिक करना है स्ट्रोक पे ले जाना है स्ट्रोक में यहाँ पर इसको दे देना है चलिए इस कलर को ले लेते हैं ओके करते हैं 15 परसेंटेज है हमें 10 परसेंटेज कर लेते हैं सेंट्रली है तो इन कर लेते हैं ज़्यादातर अंदर के लिए ठीक है स्ट्रोक लीजिए और आउटसाइड कर दीजिए ओके कर दीजिए इस तरह से ओके करने के बाद जो है अभी इसको चाहे यहाँ से आप इस टूल पे क्लिक सिल्प करके और यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं बढ़ा घटा सकते हैं आप जितना चाहें उतना इस तरह से और इधर से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ तक अभी ओके कर दीजिए ओके करने के बाद फिर यहां पे क्लिक कीजिए फिर सिंगल्स रो ले लीजिए यहां पे फिर यहां पे स्ट्रोक ले लीजिए इसका टेन पिक्सेल्स ओके कर दीजिए और स्ट्रोक के बाद यहां फील ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो भी वो फिल होता है यहां पे मूट पर सेलेक्ट करेंगे आप देखिए वो फिल हो चुका है सेलेक्ट में जाएंगे आप डी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और फिर दोबारा जो है कि वे कॉलम्स लेना है कॉलम लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद जो है राइट पर क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पर फिर वही चीज़ लेंगे स्ट्रोक स्ट्रोक लेंगे ओके करेंगे और सेलेक्ट पे जाएंगे डी सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें चलते हैं ब्रसेज पे ब्रश टूल पे तो इसमें कुछ नया डाल देते हैं यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर कुछ और ले लेते हैं एलो कलर ओके करते हैं साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं सौ कर लेते हैं चलिए इस तरह से जगह जगह इसको दे देंगे यह लगेगा कि ये फूल खिला हुआ है ठीक है इस तरह से इस तरह से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक जो फूल लगाया हुआ है फूल खिल गया है यहाँ पे इस तरह से तो इसको सेव करेंगे हम लोग तो पहले कंट्रोल एस प्रेस करेंगे यश करने के बाद यहाँ पे थंबनेल थ्री लिखा हुआ है ओके पर सेव कर देंगे png फाइल में इस तरह से ओके कर लेंगे सेव हो जाएगा अगर इसे देखना चाहेंगे आप तो जो इमेज विंडो है इसमें क्लिक करेंगे डबल और इसमें देख सकेंगे आप कि जो सेव किया हुआ है हमने वह यहाँ पे थंबनेल थ्री लिखकर आ गया है ठीक है अभी क्लोज कर दीजिए इस जगह से और इसे क्लोज कर दीजिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कलर इमेज को ग्रे स्केल रंगेहीन कैसे बनाना है और कुछ इस तरह से डिजाइनिंग भी करना है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उस पर प्रेस करें इसके बाद ऑल ऑप्शन पे यानी ऑल विकल्प पर क्लिक करके ओके करें जिससे कि कोई भी वीडियोस अगर हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट भी करें जिससे कि कोई भी गलतियाँ हों तो उसे हम सुधार सकें तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो अभी मिलेंगे एडो फोटोसवन पॉइंट जीरो का पार्ट सिक्स थ्री लेके उसमें कुछ नया सीखेंगे गुड बाय एंड थैंक यू एंड नमस्ते